ध्यान रखना है व्यक्तित्व को निर्धारित करता है परिवेश प्रभावित नहीं निर्धारित हम जैसे हैं थोड़ा जीन और थोड़ा परिवेश बस मेरे व्यक्तित्व और मेरी नियति को नियति का मतलब मैं जीवन में क्या क्या कर पाऊंगा कभी ने गौर किया कि आईएएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा अनुपात बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान के विद्यार्थियों का ही क्यों है और मैं केवल हिंदी माध्यम की बात नहीं कर रहा मैं कुल मिला के बोल रहा हूं गोवा के लोग आई एस एग्जाम क्यों नहीं दे रहे नहीं के बराबर गुजरात में अब जाके थोड़ा सा ट्रेंड बना है पहले था ही नहीं हरियाणा में अब कुछ लोगों के दिमाग में आने लगा है, पहले सोचते भी नहीं थे आई और आई एस आई नहीं पता था उनको हाँ बेटा बाप से बोला बाबा मैं आईएएस ए एस बन गया आई एस ही मैं आ गया ठीक ठीक ठीक नहीं समझ में आता था और गांव में तो अलग होता है बाप बेटा कह रहे बापू जी मैं आईपीएस बन गया हूँ क्या होता है मैं बन गया हूँ एसपी अरे यार दरोगा बनते ना तब मजा आता <laughs> गांव का आदमी बेचारा ऐसा उस के बोलते पटवारी बनते तब मजा आता क्योंकि उसके लिए पटवारी ही महामहिम है उसे क्या होता है कि पटवारी के, के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा बने हैं मेरा बेटा समझ नहीं आता है कि पटवारी पटवारी है हमारे सपने भी हमारे नहीं हैं हमारा परिवेश हमारे सपने भी तय करता है बिहार का बच्चा पैदा होता है पैदा होने से बड़ा होने तक हजारों लाखों बार सुन लेता है कि भाई कलेक्टर बनना है कलेक्टर जो बात आई में वो किसी में नहीं ये वो फ्रा ढमदाना उसके आसपास कोई ये नहीं बोलता कि उद्यम करना है उसका दादा दादी नाना नानी बाप माँ कोई नहीं बोलता कि स्टार्टअप करना है स्टार्टअप पता ही नहीं किसी को पूरे गांव में स्टार्टअप पूरी इतनी पीढ़ियों में आज तक नहीं हुआ है कोई सोचता भी नहीं स्कूल गया वहां भी सब आईएस बनाने पर तुले हुए हैं कॉलेज गया वहां भी अंकल आंटी से मिला वहां भी शहर में एक बच्चा बन गया आईएस बाकी सारे बच्चे अपने घर में बिटे उस दिन कि देखो चिंटू बन गया चौधरी का बेटा तू देख अपना मुंह देख कम्बक कद्दू वही का क्या, क्या बेचारा तो कुछ बच्चे बचपन से सपने देखने लगते हैं मुझे कलेक्टर बनना है कलेक्टर बनना और उनको गलत फहमी जीवन में ये रहती है कि सपना उनका अपना सपना है और ठीक से समझ जाएंगे तो ध्यान से समझ लीजिए आपके सपने भी आपके सपने नहीं है आपके परिवेश ने आपके ऊपर थोपे हैं और इस सावधानी से थोपे हैं कि एक समय के बाद आपको लगने लगता है कि वो आपका ही सपना है बुझा रहा है तो था था।